अक्सर हम सभी ऑफिस वर्क के लिए जीमेल का यूज करते हैं जो कि गूगल का ही एक पार्ट है लेकिन क्या आप जानते हैं जीमेल गूगल का मेन प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं क्योंकि जीमेल को बनाया ही नहीं गया ये तो गूगल के एक इम्प्लॉय की गलती से बन गया था दरअसल गूगल अपने हर एक इम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए साइट प्रोजेक्ट आरोप काम करने का मौका देता है और इसी साइट प्रोजेक्ट के जरिए पॉल नाम के इम्प्लॉय ने जी बना दिया लेकिन सुंदर पिछई को ये आइडिया पसंद ही नहीं आया क्यूँकी उन्हें लगता था की ये फेल होगा और हुआ भी यही जी को दो तक कोई नहीं था क्यूँकि लोग ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के हॉटमेल को यूज करते थे लेकिन जीमेल अपने इजी टू यूज और एडवांस फीचर की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर हो गया और गलती से बना ये जीमेल आज का रिवॉल्यूशन हो गया क्या आप जीमेल यूज करते हो कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद